हाँ तो दोस्तों आज फिर एक नए टॉपिक पर बात करेंगे आज मैं सौरज सात के लिए आया हुआ था इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका एक राउंड घूम रहा है बताएंगे आपको इसमें किस वजह से इसमें प्रॉब्लम आई है सिर्फ़ एक राउंड लेता है और इस जगह भी अटक जाता है और इधर भी एक राउंड लेने पर अटक जाएगा अभी तो इसमें प्रॉब्लम क्या निकली इसी विषय पर बात करेंगे कभी तो साइड पे आए हैं क्योंकि ट्रेक्टर चल नहीं रहा था इसलिए साइड पे आए घूमाना इसको आप बस रहने दो तो इसमें ये जो बेरिंग है इसकी जो बेरिंग का जो छर्रा है तो इसमें ये जो बेरिंग का जो छर्रा है ये इसमें फिक्स होने की वजह से जाम हुआ है और ये इसका ये बेरिंग डलेगा बेरिंग में लेकर आया हूँ तो बेरिंग हम डाल देंगे इसमें तो प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है कैसी भी हो सकती है हमने भी नहीं सोची थी कि इसमें ऐसी टायबल लाया ना अपने लाया कहीं टाइल नहीं जाना टायर को काम करो फ्री तो हो गया ठीक तो छर्रा निकालने के बाद ट्रैक्टर तो फ्री हो गया पर बेरिंग डालना पड़ेगा इसका ब्रेक खोल लेते हैं केज खोल लेते हैं बेरिंग में ले आया हूं लो सामान लाओ तो गाड़ी में बुल पिनियन का जो बेरिंग है बत्तीस दो सौ वाला वो टूटा है इसमें वो डालेंगे इधर का ब्रेक खुलेगा केज खुलेगा उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने डाला हुआ है तो वो आप देख लेना किस तरीके से डलता है साइड में आए हुए हैं अभी